जय हिंद ये इतिहास का पार्ट दस है जो लोग एक से नौ तक नहीं देखें वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें या फिर एक आई बटन होगा वीडियो जब चलेंगे वीडियो जब चलता रहेगा तो बीच बीच में आई बटन बनकर आएंगे यहां कोने पर वहां पर आप क्लिक करके सीधे हमारे वीडियोज़ पर पहुंच सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न तो प्रश्न नंबर एक है अठारहवीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पढ़्य पदार्थ जिसे स्टेपल कमोडिटीज भी कहते हैं क्या थे ये बताना है ऑप्शन ए है आप परिष्कृत कपास तिलहन और अफीम थे बी चीनी नमक जस्ता और सीसा थे सी कपास चांदी सोना मसाले और चाय थे या फिर ऑप्शन डी कपास रेशम सोरा और अफीम थे क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं वो भी प्रतिष्ठित परीक्षा में आए हुए हैं तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिए इनके आने की संभावना फिर से बहुत ज़्यादा है तो पेपर पेन लेकर बैठिएगा फिर लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो पर्ण पदार्थ थे कपास रेशम शोरा और अफीम थे प्रश्न नंबर दो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था ऑप्शन ए बाबर और राणासांगा के बीच बी है हेमो और अकबर के बीच सी है हुमायूं और शेर के बीच डी है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था सन बताना है आपको कि कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध प्रश्न नंबर तीन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बी है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था सी है घाघरा का युद्ध पंद्रह में हुआ था ऑप्शन डी है चंदेरी का युद्ध पंद्रह ईस्वी में हुआ था इसमें यह बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन ए देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बिल्कुल सही है खानवा का युद्ध पंद्रह में हाँ हुआ था घाघरा का पंद्रह में ये भी सही है जबकि चंदेरी का युद्ध है जो 1530 में नहीं हुआ था 1528 में हुआ था 1528 सौ अट्ठाईस में और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक और उत्तर बताना है कि ये जो चारों युद्ध हैं वो किनके किनके बीच लड़े गए थे प्रश्न नंबर चार है बाबर के भारत आने के फलस्वरूप नंबर एक है उप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी दो है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई थी तीन है इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुआ था इसमें यह बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं या सत्य तो है तो ऑप्शन ए है केवल एक और दो बी है केवल तीन सी है एक तीन या फिर डी सभी तो बताना इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल तीन कि इस क्षेत्र में तैमोरी वंश का स्थापित हुआ था प्रश्न नंबर पांच पंद्रह सौ ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था ऑप्शन ए राणा प्रताप को बी मान को सी सवाई उदय सिंह को या फिर डी राणा सांगा को तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राणा सांगा को प्रश्न नंबर छः तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था ऑप्शन ए फारसी बी अरबी सी तुर्की या फिर डी उर्दू प्रश्न नंबर छः का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तुर्की कमेंट बॉक्स में आपको एक और सवाल बताना है कि तुज ए बाबरी को किसने लिखा है तुजु के बाबरी को किसने लिखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रश्न नंबर सात हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें जो हुमायूं ने लड़े हैं चार युद्ध तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है चौसा दोहरिया कन्नौज सरहिंद बी है दोहरिया कन्नौज चौसा सरहिंद सी है सरहिंद दोहरिया चौसा कन्नौज या फिर डी दोहरिया चौसा कन्नौज और सरहिंद इसमें बताना है कि कौन सा पहले हुआ फिर उसके बाद कौन हुआ फिर उसके लास्ट में सबसे कौन हुआ है तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दोहरिया चौसा कन्नौज और सरहिंद पहले दोहरिया का युद्ध लड़ा गया हमायूं के द्वारा फिर चौसा का फिर कन्नौज का जिसे बिलग्राम का युद्ध भी दुभी कहा जाता है और फिर सरहिंद का प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था ऑप्शन ए शाह बेगम ने बी हमीदा बानो बेगम ने सी मुमताज महल ने या फिर डी नूरी निशा बेगम ने प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हमीदा बानो बेगम ने प्रश्न नंबर नौ हमायू ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था ऑप्शन ए 1532 में बी पंद्रह में सी 1533 में या फिर डी 1536 में प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर होगा जल्दी से आप लोग गेस्ट कर लीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1532 में प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध बी खानवा का युद्ध सी घाघरा का युद्ध या फिर डी उपरुक्त में से कोई नहीं प्रश्न नंबर 10। का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी प्रश्न नंबर 11 बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी ऑप्शन ए फरगना में बी काबुल में सी दिल्ली में या फिर डी समरकंद में प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काबुल में प्रश्न नंबर 12 भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था ऑप्शन ए बाबर भी हमायू शी जहांगीर या फिर डी बहादुर शाह जहिरुद्दीन मोहम्मद प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाबर यहाँ पर बाबर भरा जाएगा भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था प्रश्न नंबर तेरह बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे ऑप्शन ए काबुल का क्षेत्र बी पंजाब का क्षेत्र सी आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र या फिर डी आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र प्रश्न नंबर तेरह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक दो और तीन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र शामिल नहीं था बाकी काबुल का पंजाब का और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बाबर के साम्राज्य में शामिल थे प्रश्न नंबर चौदह नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें ए तथा आर नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है कथन ए देखिए क्या है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा कारण क्या है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी इसमें ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है ऑप्शन ए ए और आर दोनों सत्य हैं ए की सही व्याख्या आर करता है या फिर बी ए आर दोनों सही हैं ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है या फिर सी ए, ए सही है आर गलत है, गलत है। या फिर डी ये गलत है आर सही है तो ये बताना है प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी जबकि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा ये सही है प्रश्न नंबर 15 शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था ऑप्शन ए टीपू बी शेर सी फरीद या इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फरीद खां प्रश्न नंबर 16 फरीद जो बाद में शेर सु शेर सूरी बना ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी ऑप्शन ए सहसाराम बी पटना सी जौनपुर या फिर डी लाहौर प्रश्न नंबर सोलह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जौनपुर में प्रश्न नंबर सत्रह चांदी का रुपया किसने शुरू किया था ऑप्शन ए अकबर ने बी शेरशाह ने सी अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर डी बख्तियार खिलजी ने तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शेरशाह ने प्रश्न नंबर 18 कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा तथा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी ऑप्शन अकबर ने बी शेरशाह सूरी ने सी मोहम्मद बिन तुलक ने या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी ने तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने प्रश्न नंबर 19 शेर का मकबरा कहां है ऑप्शन ए सतारा में बी दिल्ली में सी कालिंजर में या फिर डी सोनार में तो प्रश्न नंबर 19 का जल्दी से बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए में का मकबरा बना हुआ है प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था ऑप्शन ए दिल्ली की किलाए कोहना मस्जिद की बी जौनपुर की अटाला मस्जिद सी गौर की बारा सोना मस्जिद या फिर डी दिल्ली की कुत उल इस्लाम मस्जिद बताना है कि किसने इसमें से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था प्रश्न नंबर बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिल्ली की किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था प्रश्न नंबर 21 एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता यह कथन किसका इस कथन से किसका संबंध है आपसे मोहम्मद बिन तुलक का बी औरंगजेब से सी शेयर से आसे आसे, या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शेरशाह से संबंधित है यह कथन प्रश्न नंबर 22 साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसका पूर्वगामी माना जाता है ऑप्शन अशोक का बी अकबर का सी अलाउद्दीन खिलजी का या फिर डी मोहम्मद गौरी का प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर का प्रश्न नंबर 23 शेरशाह ने शेरशाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था ऑप्शन मुकदम बी सी सूबेदार या फिर डी में से कोई नहीं प्रश्न नंबर तेईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुकदम प्रश्न नंबर चौबीस शेर शाह की लगान व्यवस्था थी ऑप्शन ए महालवाड़ी बी रैयतवाड़ी सी स्थाई बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं प्रश्न नंबर चौबीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रश्न नंबर पच्चीस शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये की बिनमय दर क्या थी ऑप्शन ए सोलह अनुपात ए बी बत्तीस अनुपात ये सी अड़तालीस अनुपात, अनुपात ये या फिर डी चौंसठ अनुपात ए तो पच्चीस प्रश्न प्रश्न नंबर पच्चीस का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया ऑप्शन डी तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा चौंसठ अनुपात एक नंबर 26 निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था ऑप्शन ए कलानौर में बी काबुल में सी लाहौर में या फिर डी सरहिंद में प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कलानौर में प्रश्न नंबर 27 हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था ऑप्शन ए अकबर और इब्राहिम लोधी के बीच बी अकबर और हेमू के बीच सी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच या फिर डी अकबर और सहसा के बीच यही बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था तो प्रश्न नंबर सत्ताईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच प्रश्न नंबर अट्ठाईस अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए गए थे वह था ऑप्शन एक कछुआहों से बीस सिसोदियों से सी राठौरों से या फिर डी मुंदेलों से प्रश्न नंबर अट्ठाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कछवाहों से प्रश्न नंबर उन्तीस अकबर किस चिश्ती संस का अनुयायी था ऑप्शन ए शेख फरीद गज ए सकर का बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सी शेख नसीमुद्दीन चिराग दहेलवी का या फिर डी सलीम चिश्ती का तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था अकबर प्रश्न नंबर 30 राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी आप सने मेवाड़ ने बी पीकानेर ने सी मारवाड़ ने या फिर डी आमेर ने तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में इस सवाल का हम जवाब देंगे अगले वीडियो में तो अब आप लोगों को ये बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद